एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए क्लासेस में वाउचर एंट्री करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ वाउचर सो वाउचर इज एन एविडेंस टू अशोर दैट अ ट्रांजैक्शन इज़ एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ वाउचर विद सच अमाउंट मतलब कि वाउचर क्या है एक सबूत है यह सुनिश्चित करवाने के लिए कि एक डेट पर एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ एक ट्रांजेक्शन यानी लेन हुआ है ठीक है अब ये वाउचर होते किस तरीके से है? हम जो रियल लाइफ में वाउचर देखते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए आप देखिए सेल या परचेज बिल हो सकता है पेमेंट स्लिप हो सकती है रिसट टैक्स इन्वाइज़ बिल ऑफ सप्लाई डिलीवरी नोट रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड बैंक की डिपॉजिट स्लिप यानी कैश जॉन बैंक में डिपॉज़िट करवाते हैं तो वहाँ पर हमें एक स्लिप मिलती है वो रेस्टोरेंट का बिल हो सकता है बस का टिकट हो सकता है और कोई भी स्लिप जो आपको कोई पेमेंट या फिर रिसीव करने पर मिला हो ये सभी हमारे वाउचर के एग्जाम्पल से जो आप डेली लाइफ में देख सकते हो अब आगे हम बात करते हैं टैली में वाउचर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे पहले कैटेगरी का नाम है अकाउंटिंग वाउचर्स वाउचर दैट अफेक्ट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट और लेजर बाय इंक्रीज और डिक्रीज दैट वाउचर कॉल्स अकाउंटिंग वाउचर इसका मतलब होता है कि ऐसा वाउचर जो प्रभाव डालेगा किसी लेजर के क्लोजिंग बैलेंस पर यानी उसके बैलेंस को क्या करेगा बढ़ा देगा या घटा देगा ऐसे वाउचर्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं दूसरी कैटेगरी है इन्वेंट्री वाउचर वाउचर दैट अफेक्ट्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्री यानी स्टॉक एंड डोंट अफेक्ट टू अकाउंटिंग दैट वाउचर कॉल्स इन्वेंट्री वाउचर मतलब ऐसे वाउचर जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री यानी इस्टॉक पर हमारे अफेक्ट करते हैं ठीक है यानी उसे कम या ज़्यादा करते हैं लेकिन उसके द्वारा लेजर्स पर यानी अकाउंट्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता यानी अकाउंट का बैलेंस हमारा वही रहता है जबकि इन्वेंटरी का बैलेंस हमारा कम या ज़्यादा हो जाता है ऐसे वाउचर इन्वेंटरी वाउचर में आते हैं तीसरी कैटेगरी है ऑर्डर वाउचर वाउचर दैट यूज टू रिकॉर्ड और रिमेंबर दैट व्हाट एंड हाउ मच वी हैव ऑर्डर टू द रिस्पेक्टिव डीलर और फ्राम द कस्टमर एंड वाउचर डोंट अफेक्ट टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दैट कॉल्स ऑर्डर वाउचर मतलब ऐसे वाउचर जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं याद रखने के लिए या फिर कि हमने किस चीज़ का ऑर्डर दिया है और कितना ऑर्डर दिया है या हमारे पास किसी कस्टमर के द्वारा कोई ऑर्डर आया है ऐसे वाउचर हमारे अकाउंटिंग और इन्वेंटरी पे किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालते इनसे हमारी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री ना ही कम होती है और ना ही ज़्यादा होती है चौथी कैटेगरी है पेरोल वाउचर वाउचर दैट यूज़ टू तो रिकॉर्ड अटेंडेंस और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉल्स पेरोल वाउचर यानी ऐसे वाउचर जिनके द्वारा हम अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें सैलरी कितनी देनी है या हमने दी है वो रिकॉर्ड करते हैं पेरोल वाउचर के अंडर में आते हैं आगे इन सभी कैटेगरीज़ के अंडर में जो भी वाउचर्स के टाइप आते हैं वो दिए हुए हैं आप एक एक कर कर इन सभी के इसक्रीन ले लीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ में इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरा फेसबुक पेज ए कंप्यूटर क्लासेस को लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा दोस्तों